हेलो दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्या आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जनवरी को ही हमारा शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 30 जनवरी 1948 के दिन कहने कहना तो ये साल के बाकी दिनों जैसा ही था लेकिन शाम होते होते वह इतिहास में सबसे दुखद दिनों के शुमार हो गया दरअसल तीस जनवरी उन्नीस को शाम को नथुराम गौड़से ने महात्मा गांधी जी की जान ले ली थी कि अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेजों को देश से प्रार्थना के लिए जा रहे थे उसी समय गोडसे ने उन्हें बहुत करीबी से गोली मारी और साबरमती के संत हे राम कहकर दुनिया से विदा हो गए अपने जीवन काल में अपने विचारों और सिद्धांतों के कारण चर्चित रहे मोहनदास करमचंद गांधी का नाम उनकी मृत्यु के बाद दुनिया भर में कहीं ज्यादा इज्जत और सम्मान से लिया जाता है तो दोस्तों आप सभी को ये बात जानकर कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें